शामी मुर्गी किसी बीबी की होने अंडे दे के बच्चे कटे आने तो वो बेचारी वाँढ़ी नहीं जाती कि बादई कवा को चील बच्चा चौके ना लै जाए वह भी कोई टोकरे छोकरे का इंतजाम करती है तो गुआढ़ियों आख के जाती है कि मैं वहां पर चाहनी हाँ और मेहरबानी करके मेरी मुर्गी मेरिया छोटे छोटे चूचे ने इन का ध्यान रखना यह बड़ी अजीब गल होगी मुर्गी चूचे बीबी अवारा नहीं छड़ती मुस्तफ़ा सारा दिन आवारा छोड़ शुक्रिया मेरा मेहरबान जितनी कोई कीमती चीज़ हो जितनी कोई कीमती चीज़ हो मुताबिक अमीन लगते मुताबिक हिफाजत करते हैं तब्ज़ी वाले ने सैकिल खिलते नमाज़ पढ़नी हो तो वह भी सोचता है कि मैं नमाज तो पढ़नी है जुमा पढ़ना सइकिल कि खिला सइकिल बहर नहीं खिलार के जाता किसी कम की साइक ना होता मैं कितने खिलारा भाई जी तुम इतें हो पाई जी तुम इतें हो भाई जी तुम इतें रहोगे अच्छे नमाज पढ़नी सी मेरी सइकिल खिलोती वह मूंह वेख ला बंदे खिलार छ इत कुछ नहीं पाया वेद को खिलारा हिसाब ला लाता भी गैर जिम्मेदार जि बंद अभी तो खिलार कुछ नहीं पाया मैं माड़ा बंदा एवं कितने यानी एक आम चीज़ की मैं गल की वह भी दो तरह बंद नज़र करके फिर किसी जिम्मेदार जहा बद के बजुर्ग में वेख के थोड़ा जा पाएदार बंदा वेख के ओ मैंने लगता बुजुर्गो तुम बैठे होता मैं इतें ही बैठा ए जरा साइकल मेरी खड़ोती ग यद मतलब बंद ने सकल खिलारनी हो बजुर्गी बंद कभी ईमान बिहद है कभी बंद का मूँह बिहार है अल्लाह कोयनात की सब तो कीमती शायद मुहमद है उस अबू तालिब की गोद रखन लगे सोचा ही नहीं कैसा बनता मेरे मेहरबानों मेरा मकसद आज पढ़ने तो जेहन बन जाए